आज हम बताने जा रहे हैं ड्रैगन अप और इसके से हेडसॉट कैसे मारे ड्रैगन अप और इसके से हेडसॉट कैसे मारे हेड शॉट मारने का फुल ट्रिक और फुल सेंसिविटी आप लोग को बताने वाला हूँ भाई सेंसीविटी के बारे में तो मैंने बता चुका है नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बिटल में उसका लिंक दे दूँगा भाई जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लेना और इसके साथ ड्रैगन अप आप ले लें और ले आपका पास में आजकल तो गेना बहुत पैसा वाला हो गया भाई इसी वजह से एडम चचा को यहाँ पे खड़ा कर दिया एडम चचा के ऊपर आपको जितना भरस निकाल ले निकाल ले भाई जब तक आप लोग का हेड नहीं लगे तब तक आपको एडम चचा के ऊपर भरस निकालना है और एक तो हेड लग गया तो भाई साहब आप लोग तो प्रो बन गए समझ लीजिए प्रो हो गए आप लोग तो चलते हैं सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मतलब पहले कुछ कुछ ले लेते हैं ड्रैगन आपको खाना वाना खिला लेते हैं साइलेंसर ले लिया फ्रोग ले लेंगे और उसके बाद डिस्टॉक भी ले लेंगे तो और मैगजीन भी ले लेंगे सबको मतलब वो कर लेते हैं फटाफट पट से रुक जाओ ओके ओके तो हो गया हम लोगों का तो अभी सीधे चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग ग्राउंड के अंदर और देखते हैं हम लोग कितना हेड मारेंगे भाई हेड तो मारेंगे ज़रूर है हेड तो मारेंगे भाई दस में से दो भी लग जाए ना तो बहुत बड़ी बात है यार पहले पहले पहले यार दस में से दो भी लग जाए तो हम लोगों का तो भाई इतने तो पू नहीं है तब भी मतलब लग लगा लेते हैं जैसे तैसे ये पहला भाई ये बॉडी शर्ट से हुआ भाई दो तीन आ जाने से थोड़ा मुश्किल तो होता ही भाई ये देखो पीछे से भी आ गया ये देखो कोई बात नहीं इस बार हेडशॉट मार के ही छोड़ेंगे भाई हम लोग फिर से आगे हैं और ये ए इसको देखो इसको मारेंगे ए देखो लग गया ना तो इसी तरह से आप लोग हेड मार सकते हैं और एक को देंगे अभी रुक जाओ रुक जाओ निकलने दो इसको इसको निकलने तो आ जाओ हाँ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है आप लोगों को डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को हेडसेट नहीं लगेगा और मेरे फायर बटन की ओर तरफ देखें आप लोग मैं स्टिल ड्रैग करना हो सीधे ड्रैग सीधे मतलब इतने जोर से भी नहीं आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आके आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मतलब ट्रेनिंग काम में आना है और प्रैक्टिस करना है आप लोगों को एनिमी किधर है और आप लोग ड्रेक किधर करना है एनिमी इधर है तो ड्रेक आप लोगों को इधर करना है थोड़ी सी और एनिमी स्टिल खड़ा है तो आप लोगों को ड्रेक करना है सीधे सीधे ड्रेक करना है तो हेडशट आपका लग जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं तो आप लोग इतना टेंशन लेने का बात नहीं है आप लोग हेडसट मार सकते हैं आराम से तो भाई दस में से आप लोगों का मतलब दो भी लग जाए ना तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग प्रो हैं और दस में से पांच लग गया तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग अल्ट्रा प्रो है भाई अल्ट्रा प्रो में खुद बोल रहा हूँ आप लोग अल्ट्रा प्रो है दस में से यदि पांच भी लग गया तो भाई साहब हम लोग तो इतने भी प्रो नहीं हम लोग आजू भाई नहीं है भाई हम लोग तो रजिस्टर भी नहीं है हम लोग जैसे तैसे खेल लेते हैं और भाई जो बोलते हैं सही बोलते हैं और भाई गलती तो करते नहीं और गलती करेंगे भी नहीं तो ट्रेनिंग के अंदर आप, लो आप लोग आइए आके आप लोगों को मतलब हेडसोन मारने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए अच्छा है उतने आप लोग हेडसोन मार सकते हैं दिन में सिर्फ पंद्रह मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँगा पंद्रह मिनट आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पंद्रह मिनट यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको हेडशॉट मारने का ट्रिक आसानी से आ जाएगा आप लोग कितना ड्रैग करना है आप लोग को कितना करना है और सेंसिविटी भाई मैंटेन नहीं करता है यहाँ पे सेंसिविटी मैटर नहीं करता है आपका रेड पर पे सब मैटर नहीं करता है ज़्यादातर गन स्किन भाई मैटर करता है थोड़ा बहुत क्योंकि आप लोग पैसे दे खरीदते हो भाई गन स्किन तो मैटर तो करेगा ही ना तो अगर यहाँ से मतलब बिना गन स्किन के दो लगेंगे तो गन स्किन मतलब गन स्किन बिना गन स्किन के दो लगेंगे तो गन स्किन के चार लगेंगे इसी तरह से आप लोगों को मैटर करेगा तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग समझ में भी आ रहा है तो आप लोग हेड कैसे मारें हेड शॉट का प्रैक्टिस करना है ज़्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर सॉरी ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा ज़्यादा से प्रैक्टिस करना है और हाँ तो मारने का इतना नहीं जो आसमान में पहुंचा दो आप लोग चांद की तारे में तोड़ के लेके आओ इतना भी ड्रेक नहीं करना थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आप लोग जमीन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले और मतलब ज्यादा ड्रैग नहीं थोड़ा ड्रेक करना है मतलब जैसे हो गया आपका थोड़ा सा ड्रेक लगेगा ही आप लोगों को मतलब ट्रेनिंग करते करते प्रैक्टिस आ जाएगा और आप लोगों का सेंसिटिविटी और ये सब आपका मतलब गान स्विच कितना रखना है कितना नहीं ये सब आपको मैटर नहीं करता है आप लोग अपने ठम के हिसाब से गान स्विच रखते मेरे वीडियो है आपका मतलब कस्टम एच के ऊपर तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो भाई आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे हो भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेलेक्ट करना तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ टेक केयर बाय बाय